वेलकम बैक टू राज के टिप्स दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैगनार कार में एयर फिल्टर कैसे साफ करते हैं तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ये पेचकस की मदद से पेच खोलना होता है इसके बाद एक्सेलेटर के वायर को हटाकर और इसको हम आराम से निकाल लेते हैं और इसको निकालने के बाद क्योंकि इसी में एयर फिल्टर होता है इसको धीरे से निकालेंगे और इसको यहाँ से हम खोलेंगे और ये देखिए आप इसके अंदर भी धूल है डस्ट आ गई है इसमें और अब हम यहाँ से इस एयर फिल्टर को निकालेंगे इसे निकाल कर हम इसे अच्छे से साफ करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर हो सकता है और देखो ये भी इसके अंदर भी डस्ट है इसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे और इसको एयर फिल्टर को क्लीन करने के बाद हम उसी तरह से इसको फिट कर देंगे और इसमें लगाने के बाद हम फिर से अच्छे से इसको बैठाएंगे और इसको पहले की तरह फिट कर देंगे बस हो गया आपका एयर फिल्टर क्लीन और इसको ठीक से लगा करके इसको दोबारा से गाड़ी में फिट कर देंगे वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल राज के टिप्स को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं किसी खास जानकारी के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए जय हिंद